कहती होंगी सी चल तक बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा हारे तार मैं वेखनी मेरी जंग जल आऊगी तो पता लगूगा तेरे नमदारे नी तू ना वालिए जल देखूंगा तो पता लगूगा